और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर घर चलता है उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की धंधा तो कभी बड़ा होगा कभी नीचे हो जाएगा ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है